प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है भाग्य विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आपके भीतर उपस्थित ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष आज एक ऐसी शख्सियत की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें महासचिव के पद पर वर्तमान में तैनात है जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं चूँकि लोकसभा चुनाव देखिए 2019 चल रहे हैं और जो सभी राजनीतिक दल हैं ये अपनी चुनावी तैयारियों में इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं यहाँ एक चरण का चुनाव भी देखिए हो सका जो है हो चुका है तो इन सभी के बीच जो प्रियंका जी का नाम आया है चूँकि इनकी जो फेस है इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से मैच करती है तो सक्रिय राजनीति में आने की जो इनकी घोषणा है कांग्रेस ने जो की है और पार्टी का महासचिव बनाया है साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का प्रभाव जो है प्रभार भी इनको दिया है तो राजनीतिक में प्रियंका गांधी जी की एंट्री कैसी रहेगी जन्मकालीन जो है इनके नक्षत्र ग्रह गोचर सितारे क्या कहते हैं इस पर हम प्रकाश डालेंगे सहयोगी दलों के लिए कितनी धमाकेदार ये रहेंगी कितनी ज़्यादा जो है नुकसान उनका करेंगी ये भी हम बताएंगे और प्रियंका गांधी जी को देखिए दर्शकों सक्रिय राजनीति में कोई ये नया चेहरा नहीं है इनसे पहले भी कई बार इनको देखा जा चुका है तमाम बार जो है पिछले ही जो है लोकसभा चुनाव में तमाम रैलियाँ इन्होंने की है और काफ़ी कुछ जिम्मेदारी जो इनको मिली है उसका इन्होंने अच्छर पालन किया है तो दर्शकों चलिए एक बात और आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि हाथ जोड़ करके आप सभी मनीषी विद्वान लोगों से निवेदन है क्योंकि आप लोग एक अच्छे कुल से आते हैं अच्छे परिवार से आते हैं आपका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक है आपको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए गए हैं तो हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग मत करिएगा किसी भी प्रकार के अमर्यादित टिप्पणी मत करिएगा चूँकि हम ऐसे देश में रहते हैं ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है यश्र नारी पूजन्ते रमनते तत्र देवता जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं तो दर्शकों चलिए शुरू करते हैं आप जितने लोग देख रहे हैं देखिए सभी के मन में प्रश्न रहता है डेट ऑफ़ बर्थ टाइम और प्लेस क्या है तो आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग भी कुंडली मोबाइल पर ही अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें देख सकते हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 12 जनवरी उन्नीस सौ है और बुधवार दिन था बुधवार दिन और शाम को सत्रह बजकर पाँच मिनट स्थान नई दिल्ली तो इस प्रकार से जो इनकी जन्म कुंडली बनती है आप लोग स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं कि इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और जन्मकालीन जो इनकी राशि बनती है ये वृश्चिक राशि बनती है जन्मकालीन जो इनका नक्षत्र है ये अनुराधा नक्षत्र बनता है दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि मिथुन लग्न के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है हमने पूर्व में भी आपको बताया है तो मिथुनोदय सजातोह मानी स्वजन्य वल्लभा त्यागी भोगी धनी कामी दीर्घ सूत्रों मर्दका अर्थात जिनका जन्म मिथुन लग्न में होता है ये लोग मानी होते हैं अपने जन्म के प्रिय होते हैं त्यागी होते हैं भोगी होते हैं धनी होते हैं और दीर्घ सूत्री होते हैं शत्रुओं को परास्त करने वाले और शत्रुओं को जीतने वाले एक होता है परास्त करना एक होता है जीतना तो शत्रुओं को परास्त भी करते हैं और शत्रुओं को जीतते भी हैं तो ये होता है मिथुन लग्न में जिनका जन्म होता है दूसरा तरफ को बताना चाहेंगे कि जो मिथुन लग्न है तो ये जो मिथुन लग्न है ये वायु तत्व का लग्न होता है और जो ये लग्न होता है ये द्विस्वभाव लग्न होता है इसके साथ जो वृश्चिक राशि होती है देखिए चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए हैं आकर के जो है और ये जो राशि होती है ये स्थिर राशि होती है दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि जिनका भी जन्म चुकी चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं उनके बारे में शास्त्र हमारा कहता है कि पुरुषार्थी प्रवासी चा बंधु कार्य सदोद्यमी अनुराधा भवोलोका सदा हृष्ट जायते अर्थात जिनका भी जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है या अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अथवा जातिका पुरुषार्थ साधन के लिए विदेश जाने वाला बंधुओं का कार्य करने वाला लोका लोक हित में कार्य करने वाला और हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है तो ये जो चीज़ें चरितार्थ होती हैं ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी पर सहरसा चरितार्थ होती है एक बात और बताना चाहेंगे हमने कहा था बुधवार को इनका जन्म हुआ था तो जिनका भी जन्म बुधवार को होता है हमारे शास्त्रों में हर एक चीज़ बताई गई है कि तिथिवार नक्षत्र योग करण में कि जिनका जन्म होता है क्या क्या लक्षण होते हैं तो बुधवार में जिनका जन्म होता है वैसे लोग कैसे होते हैं तो लिपि लेखन जीवी स्यात प्रिय वाक्य पंडिता सुधी रूप संपत्ति संयुक्त बुद्धवासार संभवा अर्थात जिनका भी जन्म बुधवार वाले दिन होता है तो वो अपने लेखनी से वो अपने पेन से आजीविका करने वाले आजकल वर्तमान समय में कंप्यूटर ने जगह ले ली है और बुध का भी देखिए संबंध दिमाग से होता है कैलकुलेशन से होता है कंप्यूटर से होता है दूसरा प्रिय वक्ता होते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं पंडित होते हैं तमाम चीजों का इनको ज्ञान होता है बुद्धिमान होते हैं सौंदर्य सुंदर और संपत्ति नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त होते हैं तो ये चीजें देखिए इनके साथ बिल्कुल भी चरितार्थ हो रही है ये हमारे शास्त्रों के श्लोक से हिसाब से लग्नेश जो इनका बनता है बुद्ध आप देख लीजिए मिथुन लग्न और जो कन्या लग्न होते हैं इसके अधिपति बनते हैं बुद्ध तो लग्नेश बुद्ध बनते हैं और बुद्ध अपने से सप्तम घर में देखिए चले गए आप लोग स्क्रीन पर देखिए कुंडली में और यहाँ पर जो सप्तम जो है हाउस है सेवेंथ हाउस है यहाँ पर गुरु बुद्ध और सूर्य ये तीन प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं जन्मकुंडली में दर्शकों एक बात चलिए और अब आपको हम बताए दे रहे हैं कि पंच महापुरुष योग होते हैं और ये योग बहुत स्ट्रांग होते हैं जब कोई भी ग्रह केंद्र में उच्च का या स्वराशि का होता है तो वहाँ पर ये पंच महापुरुषों की जो है व्याख्या आई है शास्त्रों में पंच महापुरुष योग बनते हैं अब देखिए कि इनके जो सेवेंथ हाउस हैं सेवेंथ हाउस के जो अधिपति बनते हैं सप्तमेश जो बनते हैं ये जुपिटर बनते हैं अपने घर में सप्तम हाउस में ही विराजमान है तो यहाँ पर जन्मकुंडली में हंस महापुरुष नामक का एक राजयोग बन गया इनकी कुंडली में बहुत बड़ा ये राजयोग होता है दूसरा गुरु और सूर्य की जो युति होती है एक योग बनता है गुरु आदित्य योग तो ये गुरु आदित्य योग भी इनकी कुंडली में बना दूसरा बुद्ध और सूर्य का सूर्य बुद्ध आदित्य योग तमाम लोग जानते होंगे इस योग के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है तो जन्म के समय की बात यदि हम करें तो जो लग्नापति बुद्ध है तो बुद्ध की केंद्रवर्ती अवस्था एवं बृहस्पति की जो है जो यु, युति है और नौमांश कुंडली दी चार्ट बुद्ध स्वाग्रही हो गया आप लोग दी नाइन चार्ट भी देख लीजिए तो बुद्ध यहाँ पर स्वाग्रही अवस्था में हो गया तो राजनीति की दुनिया में बहुत अत्यंत इनको लोकप्रियता प्रदान करता है प्रियंका गांधी के जन्म के समय जनता से मिलने वाले सहयोग एवं जो प्रेम का अधिपति ग्रह है ये बुद्ध है शुक्र है इनको राजनीति में काफी कुछ इनको दिया है तमाम इनके फॉलोअर्स हैं और तमाम प्रकार की इनकी जो है एक आधा क्षेत्र है और पंचमाधिपति की यदि हम बात करें यहाँ पर शनि बनते हैं और शनि यहाँ पर द्वादश हो गए हैं जा करके क्योंकि चूँकि यहाँ पर भाग्येश भी देखिए शनि बनते हैं और पंचमाधिपति जो शुक्र बनते हैं भाग्य के घर में आ गए पंचम से पंचम यहाँ पर देख लीजिए शुक्र यहाँ पर आ गए हैं तो इस समय वर्तमान में इनकी शुक्र की महादशा भी चूँकि चल रही है तमाम प्रकार का जो इनको सहयोग साथ मिलना चाहिए जनता का प्रचंड रूप से मिल रहा है यदि इलेक्शन में खड़ी भी हो जाएंगी तो इनको तमाम लोगों को स्नेह मिलेगा आगे देखना जो है अगर ये किसी के खिलाफ खड़ी होती हैं तो दो कैंडिडेट की यहाँ पर कुंडली का मिलान किया जाता है वैसे दर्शकों एक बात बताएं कि पंचमाधिपति की अपने घर से पंचम अवस्था ये जो है ये जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त करने वाला सिद्ध करती है वही आर्थिक और पारिवारिक ताकत की यदि हम इस कुंडली में बात करें जो कि जन्म से ही उन्हें प्राप्त है उसे दसमेश पराक्रमेश एवं लग्नेश की केंद्रवर्ती युति आगे बढ़ाने के साथ साथ इनको बहुत दूर तक ले जाएगी लेकिन वर्तमान समय में जो ग्रहों का गोचर चल रहा है चूंकि शनि केतु इस समय देखिए इनके सप्तम से ही गोचर कर रहे हैं तो शासन और सत्ता से इनको तमाम प्रकार की परेशानियाँ होंगी इनके पति को तमाम प्रकार की परेशानियाँ होंगी सितंबर 2019 तक प्रियंका गांधी जी को स्वयं के परिवार के ऊपर जहाँ राजनीतिक आघात होगा वहीं शासन और प्रशासन की तरफ से भी जो है कुछ दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ेगा एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों हमने पूर्व की भी आपको जो है जन्म कुंडली में बताया था एक स्थान परिवर्तन नामक राजयोग बहुत ही प्रचंड ये राजयोग होता है और जातक को बहुत कुछ दे करके जाता है अब देखिए प्रियंका वाड्रा जी की जो जन्म कुंडली है इसमें शुक्र भाग्य के घर में बैठा है शनि के घर में और शनि द्वादश हो गए ये शुक्र के घर में जा के बैठे हैं तो एक दूसरे ग्रहों का स्थान परिवर्तन हो गया ये एक प्रकार का राजयोग होता है दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे जो मंगल है इनकी कुंडली में टेंथ हाउस में जा कर के मंगल विराजमान है दर्शकों मंगल यदि टेंथ हाउस में बैठ जाए तो एक योग बनता है पुरुष होते हैं तो उनके लिए कुल दीपक योग और यदि महिला होते हैं तो उनके लिए कुल दीपिका योग तो इनकी जन्म कुंडली में कुल दीपिका नामक योग बना हुआ है टेंथ हाउस में मंगल बैठा है अब देखिए दर्शकों कुल दीपिका योग से होता क्या तमाम दर्शकों के प्रश्न हमारे कमेंट में आते हैं कि क्या राहुल गांधी जी बेहतर रहेंगे या प्रियंका गांधी जी बेहतर रहेंगी तो यहाँ पर नो डाउट प्रियंका जी की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है राहुल गांधी की तुलना में इनकी बौद्धिक क्षमता भी उनसे ज़्यादा तेज है और इनका जो भाग्य है वो ज़्यादा प्रबल है यदि ये राजनीति में आती हैं तो आगे आने वाले समय में ये पी बन सकती हैं तमाम लोगों के प्रश्न थे कि आप प्रियंका जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं तो जी हाँ इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि ये प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं दर्शकों अब चलिए कुछ इस पर जो है आते हैं देखिए अब यहां पर जुपीटर क्योंकि हंस महापुरुष नामक योग बना रहा है लेकिन इस समय कर्म क्षेत्र की यदि हम बात करें इनके डी चार्ट की बात करें तो डी चार्ट में जो जुपीटर है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको दशमांश कुंडली भी बोलते हैं ये वर्गोत्तम हो गया है लेकिन यहाँ पर गुरु के साथ राहु आकर के बैठ गया ये एक माइनस पॉइंट हो गया तो जुपिटर यहाँ पर वर्गोत्तम है दूसरा जो सूर्य है ये टेंथ हाउस में जाकर के अपने मित्र बुद्ध के घर में विराजमान हो गए हैं तो बहुत सशक्त स्थिति दिखाती है पराक्रम जो यहाँ पर पराक्रम के जो है अधिपति बनते हैं शनि शनि आ गए यहाँ पर जो है फोर्थ हाउस में और बुद्ध और शुक्र ये पराक्रम के घर में चले गए दूसरा इनकी जो लग्न कुंडली है इसमें देखिए सबसे ज्यादा इसमें जो आत्मकारक ग्रह बनता है ये सूर्य बनता है और सूर्य भी इनकी कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवस्था में है सप्तम घर में जा करके है दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है ट्वेल्थ हाउस का शनि तमाम प्रकार से एक जगह जो है क्या कहते हैं रुककर नहीं रह सकती तमाम प्रकार की विदेशी जो है मतलब विदेश यात्राओं का इनके उसमें योग है विदेशों में तमाम प्रकार की जो है संपत्तियों का योग है प्रॉपर्टियों का योग है दूसरा जो है शनि बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में ट्वेल्थ से जो है देखिए इनकी जो तीसरी दृष्टि जो है मिल रही है तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ रही है ये सेकेंड हाउस पर पड़ रही है फिक्स इनके घर के उस पर पड़ रही है तो इनके तमाम प्रकार से और कुटुंब का भी जो भाव होता है ये होता है तो मे भी कई हद तक की पॉसिबल है कि कुटुम्ब से रिलेटेड इनको तमाम प्रकार की प्रॉपर्टीज वगैरह जो है और तमाम प्रकार के जो बैकअप हैं वो इनको मिलते रहेंगे ये कुंडली से आप लोग देखिए दूसरा जो शनि की है सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो शनि और चंद्रमा की जो मतलब दृष्टि संबंध होते हैं ये अच्छे नहीं माने जाते हैं चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए दूसरा मिथुन लग्न तीसरा शनि इनको पीड़ित कर रहा है अर्थात मानसिक रूप से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगी इनको कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में अज्ञात भय से अज्ञात भय से शत्रुओं से हर प्रकार से ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब घिरी हुई रहेंगी हर समय वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो जो शनि का गोचर चल रहा है सप्तम जो भाव होता है ये होता है साझेदारी का ये होता है पति का तो साझेदारी की यदि हम बात करें अभी यूपी में गठबंधन के लिए देखिए बात चल रही थी और साझेधारी के जो यहाँ पर जो है स्वामी बनते हैं ये बनते हैं जुपिटर तो ये अपने बौद्धिक क्षमता के बल पे किसी भी प्रकार से एक यूपी में गठबंधन में शामिल नहीं हुई दूसरा दर्शकों यहाँ पर पति के ये पति का चूँकि घर है सेवन्थ हाउस जो होता है ये पति का भी होता है तो पति से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ रही चूँकि वर्तमान में केतु चल रहे हैं शनि चल रहे हैं ये दोनों प्लैनेट जो हैं देखिए शनि न्याय का ग्रह ऐसा नहीं कि मिथुल लग्न है और शनि राजयोग कारक है ठीक है सब कुछ मानते हैं तो इनको क्या कहते हैं कि हर प्रकार से जो है एक प्रकार से इनको कुछ रियायत दे देगा ऐसा ग्रह कुछ नहीं करते ग्रह जो होते हैं न्याय करते हैं जो शनि का नेचर है ये नेचर ऑफ जस्टिस है ये न्याय करता है यदि इनके पति ने कुछ गलत किया होगा तो शनि उसका न्याय करेगा दूसरा दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे इनकी कुंडली में कि वर्तमान समय में इस परिप्रेक्ष्य की यदि अभी हम बात करें तो शनि के साढ़े सात का अंतिम चरण चल रहा है चूँकि इनकी वृश्चिक राशि है और ये जनवरी 2020 तक रहेगा तो जनवरी 2020 तक ये परेशान रहेंगे दूसरा चलिए अब चलते हैं इनकी अब हम महादशा का अध्ययन करते हैं क्योंकि बहुत देर से इस टॉपिक पर बात हो रही महादशा आते हैं शुक्र की इनकी महादशा चल रही है और शुक्र में जो अभी चल रहा है ये शनि का चल रहा है और नौ एक सत्रह से दस तीन दो तक जो अंतर चल रहा है शुक्र में ये शनि का चल रहा है अभी राजनीति में आई है नो no डाउट ये कुछ अच्छा करेंगी चूँकि शुक्र जो है इस समय उच्च के अभी वर्तमान समय में उच्च के हो गए हैं जा करके और इनकी कुंडली से चूंकि कर्म के भाव में उच्च के देखिए हुए हैं अगर लग्न में हम बैठाएं शुक्र को तो जहाँ पर मंगल है इस समय शुक्र वहाँ पर चल रहे हैं और उच्च के हो गए हैं और बुद्ध नीच के हो गए हैं और नीच भंग प्रकार का एक प्रकार का राजयोग बन रहा है तो यहाँ पर यदि ये कहीं से इलेक्शन के लिए खड़ी होती हैं तो बहुत हद तक की सितारे ये सलाह दे रहे हैं कि 15 मई तक की यदि 15 मई तक की कोई स्थिति होती है तो ये विजय प्राप्त करते हुए नज़र आएंगी लेकिन 15 मई के बाद की स्थिति फिर ठीक नहीं होगी दूसरा महादशा हमने बताया ना शुक्र में अभी शनि की चल रही है ठीक समय है लेकिन जब शुक्र में बुद्ध का अंतर आएगा दस तीन दो से नौ एक दो तक ये पीरियड इनका ज़्यादा अच्छा रहेगा ज़्यादा मेच्योर रहेगा ये हो सकता है कि यूपी में आए और ये इनका समय बहुत पीक पर रहेगा योगनी दशा के चलिए इनकी कुंडली में बात करते हैं उल्का की दशा चल रही है उल्का और संकटा के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि उल्का की दशा अच्छी नहीं मानी जा रही है और इस समय जो उल्का में अंतर चल रहा है ये भ्रामरी का चल रहा है उल्का में जब धान्या आई थी तब ये पार्टी की महासचिव बनी थी इनको काफ़ी कुछ मिला भी था अच्छा उल्का में जो धान्या का चरण होता है उसमें जो जुपिटर होता है उसका ज़्यादा रोल रहता है गुरु का ज़्यादा रोल रहता है तो देखिए जुपिटर ने भी इनको बहुत कुछ दिया है अभी उल्का में भ्रामरी चल रही है तो ठीक है एक बारह के बाद इनका समय नो no डाउट बहुत अच्छा रहेगा आगे ये कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी के रूप में इनका कांग्रेस जो है प्रयोग कर सकती है अपनी पार्टी को बहुत आगे ले जा सकती है इसके बाद जो शिद्धा की दशा आएगी सात साल की होती है इस सात साल के जो है दशा में ये हो सकता है कि सक्रिय राजनीति में कोई बहुत बड़े पद पर सुशोभित हो यहाँ तक कि यदि कोई नेक्स्ट पी के बारे में पूछ रहा है तो जी हाँ इनकी कुंडली में योग है चूँकि मंगल टेंथ हाउस में इनके लग्न में बैठा हुआ है जो टेंथ हाउस होता है और मंगल क्या है मंगल सेनापति है मंगल युवाओं का ग्रह है तो यहाँ पर बहुत हद तक की ये है कि युवा वर्ग इनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है दूसरा दर्शकों यहाँ पर जो लग्नेश और सुखेश ये बुद्ध बनते हैं इनको तमाम प्रकार के सुख ऐश्वर्य बुद्ध ने बचपन से ही दिए हैं दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि तमाम लोग पूछते हैं कि उपाय क्या होता है तो इनको हम कुछ रेमिडीज बताना चाहते हैं यदि किसी माध्यम से वीडियो उन तक पहुंच जाता है तो प्रयास करिएगा कि ये एक पन्ना एम्ब्रायलेट बहुत अच्छी क्वालिटी का पहने दूसरा डबल डायमंड दो हीरे लगभग जो है तीन कैरेट तक की ये जो है डायमंड धारण करें काफ़ी कुछ इनका भाग्य प्रबल होगा या श्योर है इनके जितने भी स्टेट्स हैं जितने ढेर सारे मतलब जो भी स्टेट्स इनके अधीन आते हैं इनकी पार्टी के अधीन आते हैं वहाँ पर ये प्रोजेक्ट करें कि जो पीपल का वृक्ष होता है क्योंकि पीपल का वृक्ष क्यों कह रहे हैं इनके जुपिटर जो है एक अंश पर है मृत पाय अवस्था में पड़े हुए हैं तो इनके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है हम यहाँ पर पुखराज की सजेशन नहीं दे रहे हैं पुखराज वगैरह इनको नहीं पहनना है लेकिन हाँ धर्म कर्म से रिलेटेड यदि ये कार्य करती हैं तो इनका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा अपने स्टेट जो इनके अधीन आते हैं वहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाएं कि पीपल के पौधे बहुत ढेर सारे लगें जितने ज़्यादा जो है पौधे लगेंगे इनके लिए अच्छा रहेगा धर्म कर्म से रिलेटेड ये कार्य करती रहें मंदिर हो गया मस्जिद हो गया गुरुद्वारा हो गया चर्च हो गया जो भी हो समान रूप से काम करें किसी एक तरफ इनका झुकाव ना हो तो सभी क्षेत्रों को जो है सभी लोगों को आगे करके ये धर्म कर्म के काम में आगे रहें तो अच्छा रहेगा दूसरा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि दशरथ शनि स्रोत का पाठ करें दिन इनका बहुत बेहतर होगा आने वाला अभी जब तक शनि की साढ़े साथ है परेशानी रहेगी खास करके पति के साथ ज़्यादा दिक्कत रहेगी क्योंकि पति के ही जो सेवेंथ हाउस है सेवेंथ हाउस में ही शनि और केतु एक साथ गोचर कर रहे हैं यहाँ पर जुपिटर भी हैं जुपिटर और ये जो तीन प्लानिट की यहाँ पर युति हो गई है इनके लिए बहुत ज़्यादा अभी नहीं ठीक है शनि जैसे ही 2020 में इनकी जो है साढ़े साथी ख़त्म होगी इनको बहुत कुछ राहत देंगे जैसे इनकी सिद्धा की दशा आएगी अचानक से हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़े पद पे जाएं इनको कोई बहुत बड़ा दर्जा मिले तो दर्शकों ये तो थी प्रियंका वाड्रा जी की जन्मकुंडली का विश्लेषण कैसा लगा बताइएगा यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आप लोगों के शहरों में हमारा आगमन होता है तो यदि जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं हमसे मिलना चाहते हैं तो आपके जो है स्टेट्स में आपके शहर में आते हैं आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं कैसा लगा हमारे ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा इतने कम समय में जो भी हमसे बन पड़ता था हमने इनकी जन्म कुंडली का देखिए विश्लेषण किया अभी भी कुंडली में बहुत चीज़ें होती हैं तमाम चीज़ें होती हैं तो कम समय में हमने कोशिश किया है कि गागर में सागर भरें दर्शकों कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए इस वीडियो को जम कर शेयर करिए कि वीडियो हर किसी के जो है मोबाइल में पहुंच जाए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम